क्लास में तो आज की क्लास को शुरू करते हैं कल जो प्रश्न रह गए थे उनको आज करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सूचना का अधिकार दिलाने का अभियान के लिए किसको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसे किया गया अरुणा राय को बीसवा क्वेश्चन राजस्थान के किस क्षेत्र में भिन्ते पटार का विस्तार है किस क्षेत्र में है दक्षिण में इक्कीसवा प्रश्न राजस्थान के गांधी भोगीलाल पांडे का, का जन्म कब व कहाँ हुआ था बताइए जल्दी से तेरह नवंबर 1904 को सिमलवाड़ा में हुआ था बाईसवा प्रश्न राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ कहाँ स्थित है जयपुर में राजस्थान की जो हाई कोर्ट खंडपीठ है वो जयपुर में स्थित है तेसवा प्रश्न केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है काजरी जोधपुर में प्रश्न लावनी गीत राजस्थान के क्षेत्र में गाए जाते हैं? क्षेत्र में गाए ऊंट प्रजन केंद्र है बीकानेर में स्थित है जोहबड़ी में जोहबीड छब्बीसवा प्रश्न राजस्थान का नवीनतम जिला कौन सा है प्रतापगढ़ अभी वाले प्रश्न में वो नहीं आएंगे तो नवीनतम जिला प्रतापगढ़ को ही माना जाएगा अभी तो आदिवासियों का कोम किसे कहते हैं आदिवासियों का कोम वो बिले बनेश्वर धाम को कहते हैं जो बाँसवाड़ा में है वहाँ तीन नदियों का संगम है सोम माई जकम का तो अट्ठाईसवा प्रश्न है के देवता के रूप में किसे जाना जाता है ऊँटों के देवता के रूप में किसे जाना जाता है जल्दी से बताइए बाबूजी को जाना जाता है जो ऊँटों के देवता थे ऊँटों की रक्षा करते थे इसलिए उनको का देवता के नाम से जाना जाता है प्रश्न। राजस्थान की देवी, जिसे खंडित रूप में पूजा जाता।, जाता है, किसे पूजा जाता है शीतला माता को तीसरा प्रश्न राजस्थान का वह किला जिसे दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए थे कौन सा किला था सूर्य का किला तो खास हाँ के प्रश्न यहीं तक समाप्त होते हैं मिलते हैं नई क्लास में तब तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ऐसी वीडियो के लिए